पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इन दिनों टीकमगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान घोषणा की मशीन है उन्होंने प्रदेश में 3000 से अधिक घोषणाएं की और लगभग सारी अधूरी हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना का भी समर्थन किया उन्होंने कहा उनकी सरकार आने के बाद वे जातिगत जनगणना करवाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में इन दिनों टीकमगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज को घोषणा की मशीन बताते हुए कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में 3000 से अधिक घोषणाएं की है जबकि प्रदेश में बेरोजगारी गरीबी महंगाई की मार से जनता ताहीमाम कर रही है और घोषणावीर शिवराज सिंह चौहान और इनके विधायक प्रदेश में लूटपाट कर रहे हैं वहीं जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए कमलनाथ ने कहा कि जातिगत जनगणना होना अति आवश्यक है इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है सभी को जानने का हक हाँ है कि राज्य में उनकी कितनी भागीदारी है कमलनाथ ने कहा यदि उनकी सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना को किया जाएगा टीकमगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज की मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा सरकार बनते ही प्राथमिकता के आधार पर टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज होना अति आवश्यक है क्योंकि यह क्षेत्र में हर दृष्टि ऐसी काफी पिछड़ा हुआ है वही पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी कहा की वह टीकमगढ़ की विकास की गारंटी लेते हैं और उनकी सरकार बनते ही टीकमगढ़ में विकास की गंगा बहाई जाएगी जनगणना करना बहुत मैं सोचता हूँ आवश्यक महत्वपूर्ण क्यों नहीं होनी चाहिए हम किस चीज से डर रहे हैं कि, किस किस क्या छिपा रहे हैं ये तो फौरन फैसला करना चाहिए कि जातिगत गणना कर ले आज हमारे प्रदेश में कितनी विभिन्नता है बुंदेलखंड को लीजिए, लेजिए महाप्रष्ट को लीजिए, कितनी विभिन्नता है विंद लेजिए ग्वालियर चंबल लेजिए और ये सब बातें